तो आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी बड़े बड़े मोन्टर्स की मूवी बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एंड प्लस पॉइंट ये सारी मूवी मैं हिंदी में ही बताऊंगी मतलब हिंदी में अवेलेबल होंगी सो तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं नंबर वन की शुरुआत करते हैं द ग्रेट वाल से जो कि 2016 हजार में आई थी एक्शन एडवेंचर मूवी है आई रेटिंग इसको फाइव मिली है मूवी की शुरुआत होती है द ग्रेट वाल चाइना से जहाँ पर अजीब करीब मोस्टर हमला करते थे अब क्या ग्रेट आर्मी खुद को से बचा बचा पाएगी पाएगी या नहीं बचा पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ नंबर पर आती है दो की 2022 में आई थी हॉरर एडवेंचर मूवी है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इसको हिंदी में देख सकते हैं आईएमडीबी रेटिंग इसको 7.1 मिली है मूवी के अंदर अर्थ पे एक भाई अत्यधिक विकसित प्रेडिएटर आ जाता है जो कि कबीले पर हमला करता है अब कबीले के लोग एक एक करके मरने लगते हैं अब क्या उनमें से कोई बच पाएगा या नहीं बचेगा सो so, इसके लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ नंबर थ्री पे आती है द लेयर 2022 में आई ये मूवी है होरर एड एडवेंचर मूवी है आई रेटिंग इसको फोर मिली है प्राइम वीडियो पर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं एयरफोर्स की लेफ्टिनेंट अफगानिस्तान के ऊपर से जा रही होती है लेकिन अफगानिस्तानी आर्मी उसे मार गिराती है केट उन लोगों से बचने के लिए एक बंकर में छिप जाती है पर उसे बंकर में कुछ ऐसा मिला जिसने जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी जी हाँ अब वहाँ पे उसे मोस्टर क्रिएचर मिलते हैं अब पीछे अफगानिस्तानी आर्मी और आगे मोस्टर क्रिएचर अब केट बेचारी करे तो क्या करे अब वो अपने जीवन को कैसे बताए बचाएगी उसे ही पता है और भाई मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होरर वाली फील आती है सो डोंट मिस दिस नंबर फोर पर आती है कोमा जो कि में आई एक्शन साइंस फिक्सन मूवी है आई रेटिंग इसको सिक्स मिली है प्राइम वीडियोज पर हिंदी में अवेलेबल है विक्टर नाम का आर्किटेक्ट एक्सीडेंट के बाद खुद को एक अजीब सी दुनिया के अंदर पाता है जहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है और बड़े बड़े मोन्स्टर घूम रहे होते हैं विक्टर नाम के आदमी को मतलब वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब को मारने के लिए अब वो अपने जीवन को उनसे कैसे बचाएंगे और क्या वो अपने वापस उसी औरजिनल दुनिया में लौट पाएंगे नंबर फाइव पे आती है बी एफ में आई फैमिली फेंटेसी मूवी है भाई आई रेटिंग इसको सिक्स मिली है Disney Plus होट स्टार पर आप इसको हिंदी में देख सकते हैं सोफी नाम की लड़की एक राक्षस से दोस्ती करती है जिसे अन्य राक्षसों राक्षस अपने दल से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि वह बच्चों को चोट पहुंचाने से मना करता है हालात बदलते हैं जब अन्य राक्षस सोफी को पकड़ने का फैसला करते हैं मूवी में भाई कैरेक्टर से कोई खास अटैचमेंट नहीं होता है बट अगर आप एक मोस्टर मूवी पसंद करते हो और मोस्टर देखना आपको अच्छा लगता है तो हाँ ये बिल्कुल ठीक मूवी है आप इसको देख सकते हो इसमें मोस्टर आपको बड़े ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे गए एंड कुछ सीन ऐसे होंगे भाई ये नेचर के वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सीन है इसमें सो थैंक यू बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें